हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में दो। आज दोस्तों मैं बात करूंगा अगर पावर प्रॉब्लम के बारे में अगर दोस्तों आपके प्लांट में पावर प्रॉब्लम की दिक्कत है यानी कि आपकी पावर बार बार आती है जाती है आती है, है इस दौरान दोस्तों दिक्कत होती है पी खराब हो जाती है कार्ड वगैरह ख़राब होने के ज़्यादा चांस रहते हैं तो आज दोस्तों मैं इसी बारे में आप के साथ बात करूँगा तो होता तो क्या है दोस्तों हमारा प्लान्टनिंग एकदम लाइट बाब भी एकदम आगे उस उससे दोस्तों होता क्या है कि हमारे जो पीएलसी है उसके एकदम से ज़ोर बढ़ता है आप समझ सकते हैं कि स्पार्ट आने के ज़्यादा चांस रहे तो दोस्तों आप तो अगर प्लांट ऑपरेटर हैं प्लांट चलाते हैं तो आप ज़रूर ये काम कर लें जिस तरीके से मैं आपको दिखा दूँ दे, दिखा देता हूं कि मैंने किस तरीके से मेरे यहाँ दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ करती उसके कारण दोस्तों मेरे जो प्लांट पे पी लगी सी लगेगी उसकी टच लगेंगे आई डी एस की टच लगेगी दोस्तों ख़राब हो गई तो दोस्तों आपके साथ ऐसा ना हो तो आप ज़रूर से यू लगवा लो, उससे दोस्तों होगा क्या अगर आपकी लाइट बार बार दिक्कत करती है तो आप पी एल सी सेफ हो सकती है क्योंकि आपको दोस्तों समय मिलेगा इतना आप अपने पी को ऑफ कर दें तो ये दोस्तों आप ज़रूर प्लांट चलाते हैं तो ये करवा लें नहीं तो आप देख सकते हैं कि मेरे में पावर प्रॉब्लम की बहुत ज़्यादा समस्या और बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ करती थी उसके उसके हाल में आपको दिखा देता हूँ दोस्तों आप देख सकते हैं कि पावर प्रॉब्लम के कारण दोस्तों मेरी यहाँ पे आईडीएस की लगी हुई थी जो कि पावर प्रॉब्लम के कारण दोस्तों ये इंडिकेटर वगैरह सारे मेरे फूक गए तो आपके साथ दोस्तों ऐसा ना हो तो आप देख सकते हैं ये वाली दोस्तों हमने स्प्रिंट की लगाई हुई है और इसके साथ में दोस्तों आप देख सकते हैं यूपीएस को कनेक्ट किया हुआ है जिसके कारण दोस्तों हमारी पीएलसी सेफ रह सके दोस्तों तो आपके यहाँ अगर दोस्तों ऑबर का प्रॉब्लम है तो आप जरूर से यूपीएस लगवा लें यूपीएस लगाने से दोस्तों आपकी इसकी सेफ़्टी हो जाएगी कार्ड ओबर वगैरह में प्रॉब्लम नहीं आएगी तो आई होप दोस्तों जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों मिलते हैं दोस्तों नई छोटी से छोटी जानकारी को लेके दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं अगर आपने मेरी पिछली वीडियो दोस्तों नहीं देखी है तो आप उन्हें भी देख लें उनमें दोस्तों इस पर पार्ट्स के बारे में मैंने पूरी जानकारी दे रखी है और दोस्तों जानकारी अगर आपके पास होगी तो दोस्तों आपको कहीं पे भी कोई समस्या आती है तो दोस्तों आपको पता रहेगा दोस्तों कि कहाँ पे कौन सी कमी आ रही है तो आप पिछली और वीडियो भी दोस्तों देख लें उसमें आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिल सकती है दोस्तों तो मिलते हैं दोस्तों नई नेक्स्ट वीडियो में